मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा उस काम में लगा, काम में लगा।, काम में लगा।, काम में लगा। ये जो टूथपेस्ट होते हैं ना कॉलगेट क्लोजअपेंट सिफ ये ज्यादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं वहां गाय बैल भैंस को काटते हैं उनका मांस बाजार में बिकता है उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं। हड्डियों को धूप में सुखाते हैं बोन क्रशर में डालकर पाउडर बनाते हैं फिर उसी से पेस्ट बनता है फिर उसी को हम मुंह में लगाते हैं रोज सवेरे और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं सवेरे सवेरे हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते अभी कैसे प्रसन्न होंगे भगवान बताओ बंद कर दो ये सब अच्छा नहीं